खुश तो है नहीं तो वो दूसरा रास्ता जरूर तलाशेगी और तूने अगर उसको पकड़ लिया ना तो तेरी फटके हाथ में आ जाएगी इसके पहले की वो कहीं और रिश्ता बनाए तो खुद उसका रिश्ता बनवा देना मारो मुझे मारो मारो मुझे नहीं, मारो नहीं, नहीं मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो, हो रहा है मुझे मालूम है कि तुम मुझसे ज्यादा खुश नहीं हो आप पागल हो गए हैं मैं बंदे को लेकर आऊँगा यही घर पर ही तुम उसके साथ कर सकती हो इससे मुझे बुरा भी नहीं लगेगा और तुम्हें भी खुशी मिल जाएगी बंद करो हाथ जोड़ के मैं मैं मोदी साहब ऐसी गुजारिश करता हूँ हम यहाँ पे क्या करने आया मेरी बात हम यहाँ पे क्या कर